ने डी किया होता तो आप गलत होते अगर आपने डी किया होता तो भी आप गलत होते लेकिन अगर आपने सी किया होता ये क्या मान्य <laughs> <laughs> आपके साथ भाई साहब। <laughs> सर। से लेकर यहाँ तक का सफर तो मेरा <laughs> <laughs> सो मेरा घर में नौ साल की उम्र में नब्बे साल का अनुभव रखने वाले कहा अब नब्बे ले आए बीच में बात किए <laughs> इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा भाई साहब एक बार शुरू करेंगे दिन निकल जाएगा सर।, तो तीन चार बार सर लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी सर देखिए किस तरह के गाने आपको पसंद है सर मेरे तो करूड़ है ऐसे में अभी बता नहीं सकता नहीं तो दिन निकल जाएगा सर तो तीन चार बार हूटर बच जाएंगे सर लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होगी सर अच्छा चलिए गाना गा दीजिए हमारे लिए इतने गाने पसंद है जमे महफिल रंगीन जमे घर चले धूम मस्त मस्त नजर दिखे नए चमत्कार जहा यार एंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा थोड़ा